जिस भाव में भाव नहीं होते वो भाव भाव नहीं होते अगर भाव में भाव आ जाए तो भवसागर तिर जाते तो भवसागर तरी जाते भोले शंकर दयालु से बढ़ करे भोले शंकर दयालु से बढ़ करे देवता कोई दानी नहीं है भोले शंकर दयालु से बढ़ करे वता कोई दानी नहीं है भोल शंकर दयालु से बढ़कर कर देवता कोई दानी नहीं है भोल शंकर दयालु से बढ़कर जमता कोई दानी नहीं है कोई चाहे तो खुदी अजमाले कोई चाहे तो खुदी अजमाले कोई झूठी कहानी नहीं है बोले शंकरे दयालु से बड़ करे जमता कोई दानी नहीं है भगवान भोले से बड़ दयालु कोई नहीं है न कोई दाता है महादानी कहे जाते हैं क्योंकि इसका प्रमाण भी है शास्त्रों में पुराणों में कर दिल अंके से पर सीधा सारी नगरी को सोना बनाया कर दिल अंके से पर ऐसी दया सारी नगरी को सोना बनाया वेद शास्त्र उठा करके देखो वेद शास्त्र उठा करके देखो कोई झूठी कहानी नहीं है भोल शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं बट पर बत के ऊंचे शिखर से देखते सबको एक ही नजर से बट बत पर्वत के ऊंचे शिखर से देखते सबको ये कहीं नजर थे कोई चाहे तो खुद अजमाले कोई चाहे तो खुद अजमाले कोई झूठी कहानी नहीं है भोले शंकर दयालु से पर करे जमता कोई दान नहीं भोल शंकर दयालु से बढ़कर जमता कोई दानी नहीं है भोल शंकर दयालु से बढ़कर जमता कोई दानी नहीं है वेद शास्त्र उठा करके देखो वेद शास्त्र उठा करके देखो कोई झूठी कहानी नहीं है बोल शंकर दयालु से बढ़ करे देवता कोई दानी नहीं है बोल शंकर दयालु से बढ़ करे देवता कोई दानी नहीं है